बारिश के मौसम में किसी इंसान या जानवर के ऊपर जब बिजली गिरती है तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है और यही बिजली यदि पानी पर गिरती है तब भी यह इंसान और जानवरों को नहीं छोड़ती है लेकिन सोचने वाली बात है कि यही बिजली यदि समुद्र में गिरती है तो मछलियां कैसे बच जाती है कुछ नया बताएंगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए जब बारिश या तूफान आती है तब बिजली चमकती है बिजली का टेम्परेचर बीस हजार ऐसी सेंटीग्रेड तक होता है जो की सूर्य के तापमान ऐसी लगभग चार ऐसी पाँच गुना ज्यादा है इसलिए यह सब कुछ जलाकर खाक कर देता है हमारे घरों में आने वाली बिजली 240 वोल्ट की होती है जबकि आसमान से गिरने वाली बिजली करोड़ों वोल्ट की होती है अब क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडेक्टर होता है तो जब वहाँ बिजली गिरती है तो करंट तो लगता है तब भी समुन्द्र में रहने वाली मछली घातक करेंट ऐसी बच जाती है क्यूँकी यह करंट पानी के ऊपरी सतह तक ही फैल पाती है नीचे एक दो फीट तक ही जा है और ज्यादातर मछलियाँ कई फीट नीचे रहती है आप बारिश का मजा कैसे लेते हैं कॉमेंट बॉक्स